सुप्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई को ने मारने की धमकी मिली है बताया जा रहा है चचेरे भाई को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन लगाकर धमकी दी थी जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है छतरपुर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई को किसी अज्ञात द्वारा धमकी दी गई है दरअसल घटना बमीठा के गड़ा गाँव की है जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग के फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया इस व्यक्ति ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से बात करवाने को कहा चचेरी भाई लोकेश ने महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के रायपुर होने की बात कही जिस पर वह बिगड़ गया और उन्हें देख लेने की धमकी दी जिसके बाद पुलिस ने लोकेश गर्ग की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है छतरपुर के थाना बमठा अंतर्गत एक आवेदक है लोकेश गर्गी जो की रिश्तेदार है उनके द्वारा एक आवेदन लिखित तौर पर दिया गया है की उनके पास एक फोन आया था जो फ़ोन या जो कॉल करता था उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेन्द्र शास्त्री से करा दीजिए परंतु जब वो बात नहीं करा पाए उसने बोला उसे काफ़ी समस्या है और उसकी बात होना बहुत ज़रूरी है पर जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा तो उसी के आधार पर पाँच सौ छह पाँच सौ साल की कहमी आवेदक के आवेदक के द्वारा कराई गई है और अभी तक ये कैमी जो है अज्ञात अमर सिंह है जिनके की गई है इसमें जांच कुछ विषयों तक बाकी है और जैसी जांच होती है तथ्य सामने निकल के आपने उससे अवसर कराई वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण